नमस्कार दोस्तों आपका हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल सपने और हकीकत में तो आज हम जानेंगे कि यदि आपको सपने में पुलिस दिखाई दे तो उसका क्या अर्थ होगा देखिए सपने में पुलिस आपको किस अवस्था में दिखाई दी है पहले तो ये बहुत ही मायने रखता है क्योंकि हर अवस्था का अलग परिणाम होता है तो कुछ अवस्थाएँ आज हम इस वीडियो में आपसे शेयर करेंगे अगर आपने सपने में पुलिस से छिपना खुद को देखा है यदि आप सपने में पुलिस से छिप रहे हैं तो इसका अर्थ है कि आपका रुका हुआ धन आपको मिलने वाला है। अगर आप पुलिस से डरते हो तो आने वाले समय में आपके जीवन का फैसला कोई और बड़ी ताकत लेगी आप नहीं ये आने वाले खतरे को दर्शाता है ये अगर आपने खुद को सपने में पुलिस से डरता हुआ देखा है तो सपने में पुलिस अगर आपका पीछा कर रही है तो आपको आने वाले समय में अपने गुस्से के कारण नुकसान उठाना पड़ सकता है तो अपने गुस्से पर नियंत्रण रखें। अगर आपको पुलिस पकड़ ले सपने में अगर आपको पुलिस पकड़ लेती है तो इसका अर्थ यह है कि जल्द ही आप किसी अपराधिक गतिविधि का शिकार हो सकते हैं तो आपको संभल चलने की आवश्यकता है पुलिस में भर्ती होना यदि आप सपने में ये देखते हैं कि आप पुलिस में भर्ती हो गए हो तो इसका अर्थ ये है कि आने वाले समय में आपको मान सम्मान मिल सकता है और आप जनहित का कोई कार्य भी कर सकते हैं और यदि पुलिस सपने में आपके घर पे आती है तो इसका अर्थ ये है कि यदि आपका कोई प्रियजन किसी बीमारी आदि से परेशान था तो वह जल्द ही ठीक होने वाला है तो माना जाता है कि पुलिस को सपने में देखना या फिर कई लोग तो ये भी मानते हैं कि पुलिस को अपने सामने देख लेना सुबह सुबह बड़ा ही अशुभ होता है मगर ये निर्भर करता है कि आपने पुलिस को किस अवस्था में देखा है तो हर बार पुलिस को सपने में देखना अशुभ नहीं होता कुछ अवस्थाएं ऐसी हैं जो शुभ भी होती हैं तो भगवान का स्मरण करते रहिए धन्यवाद